जाने हम ये प्यार क्या प्यारे जि ग मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई में पागल पल पल रोता है बिन तेरे न जागे ये ना सोता है अक्सर तनाई में तुझे पुकारे ना जोर देते चले तेरी याद में पागल पल पल रोता है जागे ये ना सोता है अक्सर तना ही में तुझे पुकारे I'll say.